भोपाल में बघेली नाटक छाहुर का मंचन किया गया छाह नाटक में कलाकारों ने बघेली भाषा में संवाद के साथ बेहतरीन प्रस्तुति दी इस नाटक में एक राज्य के अकाल और उसके द्वारा उत्पन्न को दिखाया गया इसके साथ है नाटक में और बबुली के प्रेम प्रसंग को भी दिखाया गया है भोपाल के शहीद भवन में सघन सोसायटी फॉर कल्चर एंड वेलफेयर ने बघेली भाषा में छाहुर का मंचन किया छाह का निर्देशक आनंद मिश्रा ने किया है छाह मध्य प्रदेश के बघेलखंड का प्रचलित लोकनाट्य है जो दीपावली से गोपाष्टमी के बीच खेला जाता है यह लोकनाट्य मूल रूप से गाय के अंदाज में होता है नाटक में दिखाया गया कि एक राज्य में अकाल पड़ता है तब एक गांव में रह रहे छाहुर ने राजा को लगान देने से मना कर दिया जिस पर नाराज राजा ने छाहुर की गाय भैंसों को अपने कब्जे में ले लिया जिसको छुड़ाने के लिए छाहुर राजा की हवेली पर जाता है जहां उसको राजा की बेटी बबुली से प्यार हो जाता है बाद में छा अपनी भैंसों को वापस लाता है और अपनी प्रेमिका बबुली से शादी करने के लिए राजा से लड़ाई करता है जिसमें गांव वालों ने उसका साथ दिया नाटक का मंचन बघेली भाषा में किया गया नाटक को लोगों ने खूब पसंद किया ये बघेलखंड का है लोकनाट्य जो वहाँ दीपावली नाटक में एक छा है जो राजा आकार पर लगान लेता मना कर लेता तो राजा उसकी सारी गाय भैंस लगवा देता है जो उससे खाने पीने और साधन था तो वो अपनी गाय भैंस आने के लिए राजा के अंदर उधर कर नौकरी करता है फिर वहाँ राजा की लड़की से उससे प्रेम रहता है तो ये भी उसको प्रेम है तो क्या करता है क्योंकि अपनी गाय भैंस आप हाँ ले आता है और फिर राजा की लड़की से ब्याह करने वापस आता है और ब्याह करने फिर ले जाता है इस तरह से नाटक है इसमें खिलावर भी है और खूबसूह गीत है नाटक के अंदर और काफ़ी अभिनेताओं ने काम किया है इतना अलग और शाहौर एक ऐसा है कि जो एक जनता का प्रतिनिधित्व करता है कहा जाता है जनता जो है किस तरह से साथ में जाती है जीत हासिल होती है